सियालकोट का मैदान 25 रन के ऊपर चार विकेट इंडिया के गिर चुके थे तभी ये साढ़े पंद्रह साल का नौजवान पवेलियन से आता है छोटी हाइट और उसका सामना खूनखार बॉलरों से वसीम मकर इमरान खान स्टाक वकार कार ऐसे खतरनाक लोगों से जब मुकाबला होता है तब बड़े बड़े दिग्गज अपना विकेट गिराकर पवेलियन में आराम से जाकर बैठ चुके थे ये चाहता तो ये भी बैठ सकता था पहले टेस्ट मैच में जीरो दूसरे में बारह और तीसरे में ड्रॉप कर दिया गया चौथा टेस्ट मैच में मौक़ा मिला और ये छोटा साढ़े पंद्रह साल का लड़का उन भेड़ियों के सामने था पहली बॉल आई सीधा बाउंसर ऊपर से निकल गई दूसरी बॉल आई वो भी बाउंसर इस बार वो बच्चा अपने आप को बचा ना सका बॉल सीधा आकर नाक के ऊपर लगी और खून की धार बहने लगी नाक टूट चुकी थी सारे नाक से खून बह रहा था टी शर्ट पर खून पिच के ऊपर खून पूरे स्टेडियम में खून ही खून वो तराशाही होकर नीचे गिर गया स्ट्रेचर बुलाई गई स्ट्रेचर के उसको लेटाया गया वो धक्का मारकर एक तरफ गिर गया वो बोलता उसके शब्द सुनने वाले थे मैं खेलेगा मैं अभी और खेलेगा मेरे देश का सवाल है मेरे देश की साख दाव पर लगी हुई है मैं अभी और खेलेगा नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू जैसा धुआंधार बल्ले था जो पाकिस्तानियों के बॉलरों के वार को बड़ी ही मुश्किल से झेल पा रहा था उसने सचिन को सहला दिया जा चला जा फिर आ जाना फिर कभी खेलेंगे उसने कहा नहीं शरीफा जी मैं अभी और खेलेगा मैं खेल के दिखाएगा और उस दिन वो इंसान 120 रनों की नॉट आउट शतकीय पारी वपारी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खेले और उस दिन के बाद से वो इंसान इंसान ना रहा क्रिकेट की दुनिया का एक भगवान बन चुका था मुसीबतें उसके पास भी आई मुसीबतों से वो भी जूझा कभी मैच से निकाल दिया जाता कभी ज़ीरो पर आउट हो जाता पर उसने हौसला नहीं छोड़ा आप भी मार्केट में उतरते हो तो आपको आसानी से वॉकओवर नहीं मिल जाता मार्केट के कंपटीटर आपको खा जाने के लिए हर प्रयास करेंगे हर कोशिश करेंगे कि आप गिर जाओ आप बर्बाद हो जाओ पर आपके अंदर हिम्मत चाहिए तो उस सचिन की जैसे उस छोटे से कद के साढ़े पंद्रह साल के बच्चे के जैसा जिगरा चाहिए तब कहीं जाकर ये ज़िंदगी आसान होगी तब कहीं जाकर यह ज़िंदगी आपको वो पुरस्कार देगी वो महानता के शिखर तक आपको पहुंचाएगी जब आप उन मुसीबतों से लड़ोगे उन मुसीबतों का सामना करोगे उम्मीद है आपको ये कहानी थोड़ा सा जोश भरेगी अपने अंदर जोश लाइए मोटिवेट होइए और कुछ करके दिखाइए धन्यवाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना